मैंने तुझे यूज किया थोड़ा कम किया बैलेंस किया अब कहूंगी यू कैन गो जो अबे भौसड़ी के इसे क्या कहता है पता है तुमको तुम मुझे यूज करे हो यूज इसे क्या कहता है, पंप कहता है। इसे हवा दिया जाता है हवा अरे भौसड़ी के ऐसा हवा दिया हो तो नौ महीना बाद ही पता चलेगा तुम्हें जब तुम्हारा पेट गुब्बारे की तरफ फूलेगा ना तब पता चलेगा